अर्जुन तीर चलाओ अर्जुन तीर चलाओ प्रभु किस पर तीर चलाओ मित्र इस दुनिया में उड़ता हुआ तीर लेने वाले बहुत हैं। है जमीन की हो ये है यार। अरे गुस्से आयोजा भाई साहब मेरे पापा के लड़का होगा या लड़की बताइए किसी के हो न सके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 मोदी जी एक दिन के लिए ब्यूटी पार्लर खुलवा दो हाँ जी का हमके हम के अंतिम बोल कर चला गया <laughs> <laughs> अरे, पुलिस, दो हजार बीस में दो हजार बीस ही चल रहा है मैं तो दो हजार चालीस से आया हूँ दीदार मैं मर जा तो <सवड़ी> सुनो जी देखना जरा मेरे चेहरे पर मच्छर है क्या हाँ है एक मिनट रुकना जरा देखूं जरा मर गया क्या